इस पहलवान का नाम है भोला और गाओ है पहुंचा, पहुंचा, पहुंचा का बात हुई ये पहले गाँव जलालपुर जलालपुर इस पहलवान का दावे पुरार कुरार और मैं पहलवान आपको मैं पहले भी बता चुका हूं पहले यह लीजी श्रेट में काली श्रेट में मेरी पहलवान पुलिस आप आप के लिए बटेंडर कराया जा रहे हैं, आपकी कुशली देखने के लिए इतनी दूर से लोग अपना काम छोड़कर आ रहे हैं आपको सहयोग करो भाई आपकी जानकारी के लिए बता दे पांच पहुंच महेंद्र मिल रहे की पुष्टि होने जा रही है और रात्री में जो समय दे दिया उस समय का पालन करिए और जो रात्री ने निर्णय दे दिया उस ने का पालन करिए और कमेटी का फैसला है कि जिस पहलवान की पुष्टि बराबर होगी उस पहलवान को कोई इनाम नहीं मिलेगा तो अपना उसी हिसाब से पहलवान दौर लगाए अटैक लगाए अपनी कुश्ती को मिलियत करिए और अभी मौसम भी कुश्ती देखने के लायक होगा कुश्ती करने के लायक होगा गया होने मौसम भी अभी ठंडा हो गया है आप अपनी कुश्ती दिखाइए और कुश्ती प्रेमी भी कुश्ती देख रहे हैं कुश्ती देखने के लायक मौसम हो गया है और हमारे सरपंच साहब ने जो दंगल खराया है बहुत ही अच्छा दंगल होने लग रहा है दंगल में जनता भी बहुत आई है और जनता भी हमारा सहयोग कर रही है हम जनता का बहुत बहुत आभार जताते हैं जो आप इस तरह से बिजली देख रहे हो हम आपके बहुत आभारी हैं और गाँव बातों जितने भी दर्शक मुस्ती प्रेमी हैं जो कुश्ती देखने आए हैं गाय बापी की तरफ से सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं और वही कार्य में आपको मैं तीन चार बार अनुरोध कर चुका हूं आप कार्यमोक ग्रामो मत जंगल के बीच